गुरु द्रोणाचार्य जब हस्तिनापुर के युवराजों को शिक्षित कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धर बन सकता है उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा तुम दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर बन सकते हो और इसके लिए मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। पर युवराजों को जब वो जंगल में शिक्षा दे रहे थे उसी दौरान उनकी मुलाकात एकलव्य ऐसी हुई और जब उन्होंने एकलव्य की धनुष विद्या देखी तब उन्होंने उससे पूछा तुम्हारे गुरु कौन है एकलव्य ने जब गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति को दिखा कहा की ये मेरे गुरु है इतना अच्छा विद्यार्थी पाकर मन ही मन वो बहुत प्रसन्न थे लेकिन उन्होंने वचन दिया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाएंगे और एकलव्य से मिलने के बाद उन्हें लगने लगा कहीं ये अर्जुन से अच्छा धनुर्धर साबित हो गया तो मेरे वचन का क्या सिर्फ अपनी वचन का मान रखने के लिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य ऐसी उसके दाहिनी हाथ का अंगूठा मांग लिया महाभारत की इस पूरी घटना का सार बस इतना है की ये पूरी दुनिया स्वार्थी है अगर आप भी किसी के प्रेम में या इज्जत में अपना सब कुछ समर्पित कर देते है ना तो जरा सोच समझ कर कीजिएगा